ये वीडियो फुटेज एक अपार्टमेंट के कमरे की है जहाँ पर एक लड़का सोता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सारा नज़ारा उस कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे पर कैप्चर हो रहा है आप इस वीडियो में देख सकते हो कि लड़का पूरी रात भर कल बदल रहा है शायद उसे ढंग से नींद नहीं आ रही आप टाइम देख सकते हो रात के दो बज चुके हैं कुछ देर बाद लड़के को महसूस होता है कि वो बिस्तर पर अकेला नहीं है फिर वो उस चादर को हटाकर देखता है लेकिन वहां कोई नहीं होता और इस अपार्टमेंट में कई बार ऐसी छवियों को देखा जा चुका है तो क्या यह अपार्टमेंट भूतिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो फुटेज एक अस्पताल की है और ये सारा नज़ारा वहाँ के सीसीटीवी कैमरे पे कैद हो रहा है आप यहाँ देख सकते हो कि एक बेड पर एक लाश पड़ी हुई है जिसमें से आत्मा निकलती हुई दिखाई दे रही है वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा यह वीडियो फुटेज एक सीसीटीवी कैमरे की है जो कि एक हाईवे पर लगा हुआ है जिसमें एक अनजान घटना कैप्चर हुई आप यहां देख सकते हो कि एक धुएं जैसी आकृति जमीन से ऊपर उठकर आसमान की तरफ चली गई क्या यह आकृति किसी भूत की है आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो में दो व्यक्ति किसी खंडर हुई जगह पर आकर एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि वहां उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो उन्होंने सोचा किस जगह को एक्सप्लोर करके देखा जाए कि यहाँ कौन है फिर उनके साथ ये घटित होता है वो। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि ऊपर से कोई चीज इन पर गिरती है जिसके बाद भी वो यहां से नहीं जाते फिर कुछ देर बाद उन्हें छत से किसी के चलने की आवाज आती है फिर वो उस छत पर जाकर देखते हैं तो उन्हें यह दिखाई देता है ऊपर खड़े आदमी को तो वो दिखाई दे जाता है लेकिन नीचे खड़े आदमी को नहीं दिखाई देता इसलिए वो वहीं खड़ा रहता है फिर उसे ये दिखाई देता है जैसा कि आप देख सकते हो कि एक काली आकृति दिखाई दे रही है उसके बाद वो इस खंडर से बाहर निकलना ही सही समझते हैं यह वीडियो फुटेज एक स्कूल के मैदान की है जहाँ पर एक लड़का अपने कैमरे से कुछ रिकॉर्ड कर रहा था फिर उसने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसे देखकर वो हैरान रह गया आप यहां देख सकते हो कि स्कूल की एक खिड़की में एक बच्चे का भोज दिखाई दे रहा है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए Bye